नमस्कार साथियों आपके हृदय में विराजमान उस अलौकिक पर आगे बढ़े उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख संबत्त उन्नीस सौ इकतालीस माघ मास है सोमवार दिन रहेगा और नौमी तिथि है ब्रह्मा वैव पुराण तो यहां पर अब हम सहारा इसका लेते हैं कि ब्रह्म पुराण में नौमी तिथि के बारे में क्या कहा गया है तो नौमी तिथि के दिन लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए और नौमी तिथि जो रहेगी ये रात को नौ बजकर उन्नीस मिनट तक की रहेगी इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी दशमी को कलंबी का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलावा सूर्योदय होगा प्रातः छह पर सूर्यास्त होगा शाम पांच पर वहीं कृतिका और रोहिड़ी नक्षत्र रहेंगे बालों कौलों और तैतिल करण के साथ आज ब्रह्म योग रहेगा दर्शकों शुभ समय पर आ जाते हैं अभिजीत मुहूर्त पर आ जाते हैं तो आज का जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा ये रहेगा 11 मिनट ऐसा काल एक ऐसा समय एक ऐसी बेला होती है कि इस दौरान आपको शुभ कार्यो को नहीं करना है तो आज का काल रहेगा सुबह आठ बजकर सोलह मिनट से लेकर के नौ बजकर सैतीस मिनट तक की चंद्रदेव अपनी उच्च राशि जी हाँ वृषभ राशि में चलायमान रहेंगे वही सूर्यदेव मकर राशि में चलायमान रहेंगे सोमवार का दिन और दिशाशूल की बात ना करें ऐसा कहा संभव है तो पूर्व दिशा की ओर आज रहेगा पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए आज आपको लेकिन यदि किसी कारणवश आज आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो प्रयास करिएगा कि दरपण देख करके और पहले पश्चिम दिशा की ओर चार पक चलिएगा तदउपरांत आपको पूर्व दिशा की ओर चलना रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज क्या रहेगा हाल क्या कुछ कहते हैं सितारे इस पर हम चलते हैं लेकिन दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यदि आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमारे माध्यम से तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क लेकर के अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं यदि फोन कॉल बाई चांस नहीं उठता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मेष राशि के जातकों आज का दिन क्या कुछ नया ले करके आया है तो देखिए आज आज के दिन आप सामाजिक कार्यों और मित्रों के साथ अपना व्यतीत करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपके मित्रों की मंडली में नए नए मित्र जुड़ेंगे आ, मित्रों के पीछे धन खर्च आज आपका होता हुआ दिखाई पड़ रहा मतलब सब चीजें घूम फिर के मित्रों की ओर दोस्तों की ओर आ रही है आज बुजुर्गों की तरफ से आपको लाभ होगा और उनका सहयोग प्राप्त होगा आकस्मिक धन लाभ आज मेष राशि के जातकों को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा और इससे उनके मन में प्रसन्नता बढ़ेगी दूर रहने वाले संतान का आज आपको शुभ समाचार मिलेगा उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो आज भगवान भोलेनाथ पर खुद स्वयं रुद्राभिषेक करिए दूध से करिएगा और थोड़ा सा काला तेल डाल दीजिएगा नमः शिवाय मंत्र से करिएगा निश्चित ही आपका दिन महादेव जी अच्छा बिताएंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जातको आज नौकरी में पदोन्नति के समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिससे मन आज, आज आपका बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा उच्च पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा सरकारी निर्णय आज, आज आपके पक्ष में आने से लाभ मिलेगा गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहेगी नए कार्यो का आयोजन आज, आज आप लोग हाथ में लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आप लोग अधूरे कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और आपके अंदर जो तंदुरुस्ती है ये बनी रहेगी धन और मान सम्मान की आज प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है वृषभ राशि के जातको दिन को प्रभावी व शुभ बनाने के लिए आज आपको कौन सा ऐसा दिव्य प्रयोग करना है जिससे आपका दिन शुभ हो तो आज कोशिश कीजिएगा कि शिव सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करें साथ ही साथ आज के दिन दूध का दान धर्म स्थान पर यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए बड़ा प्रभावी बनेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन जेमिनी जी हाँ मिथुन राशि के जात को क्या कुछ कहते हैं आज के सितारे तो आज आपको थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है कुछ आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा खासकर से खासकर आज पेट से रिलेटेड अपच वगैरह की आपको प्रॉब्लम आ सकती है दिक्कत आ सकती है आज कोई ऐसा कार्य मत करिएगा का जिसके कारण समाज में आज, आज आपको लज्जित होना पड़े नौकरी धंधे की जगह भी साथी कर्मचारियों और उच्च पदाधिकारियों का आज जो व्यवहार रहेगा ये आपके खिलाफ सहयोगपूर्ण ना होने से मानसिक हताशा पैदा होती हुई दिखाई पड़ रही है संतान के संबंध में जो समस्याएं चली आ रही थी ये दूर अब होती हुई दिखाई पड़ रही है वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ इतने सामर्थ्य है कि आपके जीवन में जो दुख है जो कष्ट है इनकी ये पीड़ा हरे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा हमारी जो अगली राशि है ये आती है कर्क राशि जी हाँ कैंसर कर्क राशि के जातकों आज के दिन आप पर नकारात्मक व्यवहार हावी रहेंगे क्रोध आपके अंदर अधिक रहेगा स्वास्थ्य के संबंध में शिकायत रहेगी अनैतिक चोरी जैसे विचारों पर संयम रखिएगा अन्यथा आपके साथ बड़ा ही अनिष्ट हो सकता है आजवाड़ी पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं कुटुंबीजनों के साथ झगड़े बाद विवाद होने की संभावनाएं आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ आज के दिन आपको कार्यक्षेत्र में कोई नया चार्ज या कोई नया नया या पदभार मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों को तो कर्क राशि के जातकों शिव चालिशा का आज आप लोग पाठ करिए साथ ही साथ आज आप लोगों को धर्म स्थान पर जाना रहेगा और वहां पर साफ सफाई इत्यादि करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट श्वेत और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो अगली जो राशि आती है ये आती है ग्रहों के राजा सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि तो सिंह राशि के जात को आज के दिन आपका जो धन खर्च है यह मनोरंजन के साधनों पर खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है फिर भी सांसारिक मामलों के विषय में आज आपका व्यवहार उदासी व्यापारियों को भागीदारों के साथ धैर्य से, से काम लेना पड़ेगा सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में आज, आज आपको कुछ कम सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है नए नए आज आपके जो है रिफरेंसे निकलेंगे नए नए लोग आज आपको जानेंगे उनके माध्यम से आपके किस कार्य की सिद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। रोटी में थोड़ा सा मिश्री या चीनी रख करके आपको खिलाना रहेगा इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी आपके लिए शुभ कलर रहेगा यह रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छे कन्या राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो परिवार में आज साहब आप लोगों के आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहने से मन आज आपका प्रसन्न रहेगा व आज आपका स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा आज आपके हर कार्यो में सफलता यश और मान सम्मान प्राप्त होगा ऑफिस में सहकर्मी का सहायक होंगे और आज आपका जो व्यापार है जो आपका धंधा है ये प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों से जो होने वाला नुकसान है इसको हटाता हुआ दिखाई पड़ा व्यापार में अप्रत्याशित आज आपको धन लाभ होगा जी हाँ यदि आज आप लोग कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर रहे हैं कोई केमिकल से जुड़ा हुआ कर रहे हैं कोई फार्मा से रिलेटेड है कोई मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है तो इनमें आज आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी जो लोग सेल्स से जुड़े हुए हैं जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं इनका यदि कहीं इंटरव्यू है तो आज इसमें ये लोग सफल होंगे तथा नई नौकरी आज इनको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कन्या राशि के जातकों को तो कन्या राशि के जातकों आज के दिन ओम सोम सोमाए नमा इस मंत्र का 108 बार जाप करिए चंद्रमा उच्च के हैं निश्चित ही आज आपको लाभ पहुंचाएंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात बढ़ते हैं अपनी अगली राशि तुला राशि पर जी हाँ शुक्रदेव की राशि है को अच्छी तरीके से काम में लगा सकेंगे। करते हुए दिखेंगे संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा और उनकी प्रगति होगी स्त्री मित्रों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा प्रिय व्यक्ति के साथ आज आपका जो है मिलन होगा किसी नए जो है प्रेम संबंध की आज आपकी होती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत ज्यादा मन में आएंगे, आएंगे, विचार जिसके कारण का और लंबी दूरी की आज आप लोग यात्रा करेंगे उपाय क्या करना रहेगा तो आज महादेव पर भगवान शिव पर भगवान आशुतोष पर आपको गंगा जल से और रुद्राष्टक के पाठ से अभिषेक करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके यह रहेगा रहे अंक एक जी हाँ हमारी जो अगली राशि आती है यह आती है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जातको चूंकि चंद्रमा का जो है सीधा दृष्टि संबंध आपकी राशि पर हो रहा है वृश्चिक राशि पर नीच राशि होती है चंद्रमा की तो आज का दिन थोड़ा सा शांति की की व्यतीत करने पर पर हम हम सितारे जो है सलाह सलाह दे दे रहे हैं और हम भी यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो बिगड़ेगा ही चिंता रहेगी पारिवारिक सदस्यों के साथ आज अनबन होने से मन दुखी रहेगा स्थायी संपत्ति तथा वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखने की जरूरत रहेगी आज आपको जल भय रहेगा जी हाँ नदी वगैरह सरोवर वगैरह तालाब वगैरह नहर वगैरह स्विमिंग पूल वगैरह से आज आप लोग दूर रहिएगा जल भय होने की आशंका है साथ ही साथ यदि आज आप जो है किसी पेपर पर जो है सिग्नेचर करने जा रहे हैं संभाल के करिएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा वरना आपके साथ कोई धोखा हो सकता है कोई आपके साथ चीटिंग हो सकती है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग श्री सूक्तम का पाठ करिएगा साथ ही साथ आज महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए निश्चित ही आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं इनको भगवान भोलेनाथ दूर करेंगे आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार सर्जिटेरियर्स जी हाँ राशि के जातकों तो आज आप पर गूढ़ रहस्यवाद और आध्यात्मिकता का रंग बढ़ चढ़ करके चढ़ा रहेगा इसलिए इस विषय में गहरे उतरने का प्रयास करेंगे नए कार्य करने के लिए आज प्रेरित होंगे स्वास्थ्य आज आपका अच्छा रहेगा और आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आज छोटी दूरी की यात्राएं संभव है मित्रों और सगे संबंधियों के साथ आज आपकी मुलाकात सुखद रहेगी भाग्य आज आपके कुल मिलाकर के साथ रहेगा व्यापार धंधे में प्रगति व धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर धनुराशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो देखिए धनु राशि के जितने भी जातक हैं इनको आज पंछियों के लिए कुछ ना कुछ अनाज या बाजरा डालना रहेगा साथ ही साथ इनके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा आठ कैप्रिक और मकर राशि के जातकों लेकिन दर्शकों आगे बढ़ते जा रहे हैं आप लोग प्लीज़ लाइक तो करिए इस वीडियो को इतनी मेहनत से राशिफल तैयार होता है तो इस परिश्रम के लिए एक आप लोग थोड़ा सा मनोबल हमारा भी बढ़ाइए तो जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करते हैं उतना ही मनोबल बढ़ता है तो प्लीज़ फटाफट लाइक कीजिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए दर्शकों और कमेंट में जय श्री राम का उद्घोष करना मत भूलिए मकर राशि की ओर चलते हैं धनु राशि हमारी कंप्लीट हो गई थी तो मकर राशि के जात को आज कोशिश कीजिएगा कि ना बोलने में इस कहावत का यथार्थता को समझकर यदि आज आप वाड़ी पर संयम रखेंगे तो बहुत से अनर्थ जो है चीजें होने से रुक जाएंगी जी हाँ हमारा कहने का सीधा सा मतलब है कि आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना रहेगा उच्च अधिकारियों के साथ बाद बाद हो सकता है अकारण क्रोध के कारण हानि किसकी होगी होगी तो साहब आपकी होगी। परिवार में किसी के साथ तू तू मैं में -मै लड़ाई झगड़ा हो सकता है हानि किसकी होगी तो आपकी होगी पारिवारिक सदस्यों के साथ मन मुटाव होगा जीवन साथी के साथ आज मन मुटाव होगा हानि किसकी होगी मकर राशि के जातकों को होगी तो मकर राशि के जातकों आज मौन धारण कर लीजिए यही आपके लिए सबसे बड़ा असर साथ साथ परिश्रम, पर परिश्रम का दिन रहेगा नकारात्मक विचारों को काबू में रखने की यहाँ पर मकर राशि के जातकों को हम सलाह दे रहे हैं स्वास्थ्य आज आपका मध्यम रहेगा आज आपके राइट आईज में जी हाँ दाहिनी आंख में कुछ तकलीफ होने की संभावना रहेगी और आज यात्राओं में भी आपको लाभ नहीं होगा तो कोशिश कीजिएगा आज यात्राओं को आप टाल दीजिए आपको करना क्या रहेगा तो देखिए सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम यदि आज आप कर लेते हैं तो निश्चितिवाय अच्छा साथ साथ, मंत्र की एक माला का जाप करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छंभ राशि कुंभ राशि के जात आज शारीरिक मानसिक और आर्थिक प्रत्येक तो दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा परिवारजनों के साथ सुरुचिपूर्ण भोजन का आज आप लोग आनंद उठाएंगे मित्रों के साथ आज बाहर घूमने जाने का आपको जो है मौका मिलेगा तो दूसरी तरफ आज आपकी चिंतन शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति भी अच्छी रहेगी उपहार और धन की प्राप्ति होगी आज प्रफुल्लता से आपका पूरा दिन व्यतीत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग दुर्गा सप्तशती के अष्टम अध्याय का पाठ करिए साथ साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पर आज गंगा जल में थोड़ा सा शहद मिक्स करके आप लोग अर्पित करिए जल करिए रुद्राभिषेक करिए रुद्राष्ट के पाठ से करिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज सिल्वर कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो पढ़ते हैं अंतिम पड़ाव पर जी हाँ हमारी अंतिम राशि आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि तो डेली हॉरोस्कोप इन हिंदी और पाइसेस मीन राशि के जातकों के लिए क्या रहेगा तो मीन राशि के जातकों थोड़े समय में लाभ लेने की लालच छोड़ने और पूंजी निवेश में ध्यान रखने की सलाह है आज आपके मन की एकाग्रता थोड़ी सी कम रहेगी शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहेगा गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी घर में किसी जो है आपके जो मंगलिक कार्य है इनके आयोजन में में आज आज आप सारा दिन बड़े व्यस्त रहेंगे आपके आपके घर दूर-दूर से मेहमान साथ साथ ही साथ यात्राओं का योग बना रहेगा धार्मिक कार्यों के पीछे आज, आज आपका धन खर्च होगा आज, आज आपके घर में कोई पार्टी या कोई संगीत का समारोह हो सकता है महत्वपूर्ण दस्तावेजों या कोर्ट कचहरी के, के मामलों में आज, आज आपको सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं पैसों के लेन देन के लिए आज का समय अनुकूल नहीं रहेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रोटी में गुड़ रख करके आप लोग गाय को खिलाइए साथ ही साथ आज आप लोग नम शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तो दर्शकों कैसा लगा हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का ये राशिफल कमेंट के माध्यम से हमें आप लोग अवगत करा सकते हैं नए हैं तो कहना ना पड़े प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए कभी कभी कुछ बातें जो होती हैं ये बिना कहे ही समझनी चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बेलाइकन आप लोग दबा सकते हैं फेसबुक पेज पर आप लोग हमें जा करके लाइक कर सकते हैं हमारे लेख वगैरह पढ़ सकते हैं दर्शकों जो भी हमने भविष्यवाणी की थी दो को लेकर के याद करिए एक तारीख़ का दिन था एक जनवरी का दिन था और हमने प्रिडिक्शन की थी कि कोई ना कोई वायुयान दुर्घटना होगी अफगानिस्तान में अभी वायुयान दुर्घटना हुई एक लोग मारे गए उसके पहले ईरान की राजधानी तेहरान में जो है 180 बोइंग जो विमान जा रहा था उसको ईरानी सेना ने ही जो है क्रैश किया और एक लोग उसमें मारे गए साथ ही साथ देश में हमने कहे थे कि कई सारे हादसे होंगे तो तमाम बस हादसे वगैरह भी हो रहे हैं तमाम चीजों का प्रदर्शन भी ग्रहयुद्ध की तरफ जो हमने प्रिडिक्शन की थी वो एक एक प्रिडिक्शन चरितार्थ हो रही है तो वहीं है वहीं जो राम ने रची राखा तो जो राम ने रचा है वो तो हो करके रहेगा लेकिन कुछ थोड़ा बहुत यदि आप लोग प्रभु की भक्ति करेंगे उनके शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर वो कृपा दृष्टि करेंगे क्योंकि उनका नाथ ही दीना है जो दीनों के नाथ हैं जो दीन दुखियों की सेवा करते हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं तो आप लोग उनके जो है मंत्रों का जाप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं देखिए पूजा पाठ मंत्र जब तप में बड़ी ताकत होती है एक बार आप लोग करके तो देखिए दीजिए दर्शकों इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए ओम नम शिवाय